कहा है, का है, है श्री कृष्ण ने बस कर्म कर्म कर्म कर्म तुम्हारा तुम्हारा होगा, होगा, होगा, होगा, अगर सच्चा तो तो तो हर कर, हर एक संकट का हल वो आज नहीं तो कर्म। कर्म। लोहा जितना दबता है उतनी ही ताकत बढ़ता है सोने को जितनी आग लगे वह उतना ही प्रकट निकलता है लगे वह उतना ही चमकता है है है है है मिट्टी का बर्तन जब तब सूरज सूरज जैसा बनना है, तो सूरज जितना है, तो जितना जलना होगा होगा पाना पर्वत निकलना क्यों सोचे राह सरल होगी? तो तो होगी कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा हर एक संकट का हल होगा वो आज देख दो